सो हेलो एवरीबॉडी कैसे आप सब सभा हो पच्छयोंगे मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों तो ये जगह है मंडोला बिहार गांव तो देख सकते हो और यहाँ से हम चलेंगे खेकड़ा के लिए और दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि डेली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस वे पर कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है वो आप अपनी आँखों से देखेंगे आज इस वीडियो के अंदर तो देख सकते हैं अभी ये प्लर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है कहीं इसमें रिंग लगाए जा रहे हैं और कहीं इनमें कंक्रीट की मदद से ये भरे जा रहे हैं और कहीं इनका फाउंडेशन बनाया जा रहा है दोस्तों तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए के पी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो शेयर करो और हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस के पिसंत आप लोगों के बीच में कंटिन्यू लाता रहता है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड के कितना कुछ वर्क हो चुका है वो तो आप लोग इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को डेली देहरादून एक्सप्रेस का जो कि ये अक्सर में दिल्ली के अक्षरधाम से स्टार्ट होता है और ये देहरादून में जाके ख़त्म होता है दोस्तों तो देख सकते हैं ये है मंडोला विहार परियोजना ये मेरे लेफ्ट वाली और यहाँ पे बनाया जा रहा है फ्लाई ओवर दोस्तों देख सकते हैं यह फ्लाई ओवर के ये सेफ्टी बोर्ड रखे हुए हैं देखिए ये और इस पर बर्क चल रहा है तेजी के साथ में और ये है मंडोला बिहार परियोजना लेफ्ट वाले और इसमें यहाँ पर यह अभी बर्क चल रहा है दोनों साइड में देख सकते हैं ये जो रैंप के साइड में जो लगाते हैं देख सकते हैं ये सेफ्टी बोर्ड वो लगाए जा रहे हैं देखो जेसी भी चल रही है इसमें तो अभी यही वर्क चल रहा है और देख सकते हैं यहाँ पर कितनी टूट फाट और काफी लंबा चौड़ा है ये और यहाँ से हम निकलते हुए चल रहे हैं देखो अब देख सकते हैं यहाँ पर अभी मिट्टी की लेबलिंग की जा रही है फिर यह कंक्रीट की लेबलिंग की जाएगी और ये बिल्डिंग चमक रही है ये है मंडोला विहार परियोजना देख सकते हैं तो ऐसे ही वीडियोस देखो के पी के चैनल पर आगे अभी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि तेजी के साथ में जो पिलर कंप्लीट हो गए हैं उन पर पिलर कैब का, का काम किया जा रहा है तेजी के साथ में दोस्तों अभी आप क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा टूटा फाटा था तो इस वजह से वीडियो भी हिल रही है देखो ये कंक्रीट पड़ा हुआ है रोरी बजरी ये पड़ी हुई है रोड पर तो इस वजह से ये वीडियो हिल रही है लेकिन आपको तस्वीरें तो सही चमक रही होंगी ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा हिल रही है थोड़ी बहुत ही हिल रही है बाक़ी तो सब ठीक है तो ऐसे ही वीडियोस देखो के पी के चैनल पर दोस्तों तो देख सकते हैं ये खेकड़ा गांव आगे आने वाला है और वहाँ तक का ये वीडियो देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को कि खेकड़ा गाँव तक कितना कुछ वर्क हो चुका है कम्प्लीट वो आप लोग देखें देखिए यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर ना तो सेफ्टी बोर्ड लगाए गए हैं और ना ही अभी कोई वर्क हुआ जो मिलेगा आगे देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को आगे सेफ्टी बोर्ड भी मिलेंगे और पिलर को उठते हुए भी देखेंगे आप लोग मतलब कि पलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया फाउंडेशन यानी कि बना के कंप्लीट कर दिया गया है फाउंडेशन नीचे का अब इसमें रिंग लगाई जाएंगे और रिंग लग जाने के बाद इसमें कंक्रीट की मदद से ये भर दिए जाएंगे दोस्तों तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें देखो ये फाउंडेशन तैयार कर दिया नीचे तो और ये स्ट्रक्चर के पिलर स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और इधर ये पिलर भर दिए गए हैं पर इन पर बस पिलर कैप का, का काम किया जाना है और पिलर कैप का काम भी अब तेज़ी से चल रहा है बनाए जा हैं पिलर कैप और फिर इसके बाद में गाटर लॉन्चिंग कर दी जाएगी इन पर और फिर इन पर फ्लोरि फ्लोरिंग किया जाएगा फिर इसके बाद में ब्लैक टॉप का काम किया जाएगा और फिर ये आपको बता दो दिल्ली गाजियाबाद का रूट एक क्लियर हो जाएगा देख देख सकते सकते हैं हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं। सारे प्लर। कि ये सारे कौन-कौन तक बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं प्लर कैप का काम किया जाना है और रोड देख सकते हैं अभी कि कितना ही बिजी रोड है ये क्योंकि ये आपको बता दो बागपत बढ़ोत होते हुए इधर की साइड में ये निकल जाता है और देख सकते हैं ये किस तरीके से ये प्लर कैप बनाए जा रहे हैं आप लोग अपनी आंखों से खुद ही देख सकते हैं देखो ये सारे में सेटिंग लगा दी गई है पलर कैप बनाने के लिए सारे पिलरों पे ये देख सकते हैं चार पांच पिलर हैं इन पे सेटिंग बिठा दी गई है प्लर कैप को बनाने के लिए दोस्तों अब इन पर प्लर कैप का काम चल रहा है तेज़ी के साथ में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 और इसको छुड़ाने के बाद में फिर इस पर प्लर कैप का काम किया जाएगा तो ये आ चुका है जो मंडोला बिहार गांव से जो खेकड़ा गांव पड़ता है उसके अंदर हम आ चुके हैं तस्वीरें आप लोग देख सकते हो देखो और कितनी बिजी रोड है क्योंकि यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिसिटी के जो खम्भे हैं उनको भी भाई साहब शिफ्ट नहीं किया गया है और देखो कितनी बजी है और ये आपको बता दूँ कि यहाँ पर ये बाजार है अब बाज़ार वालों के लिए कितनी धूल मिट्टी जो खाने पीने वाले हैं वहाँ पर कितनी धूल मिट्टी होती होगी दोस्तों और ऐसे में लोग ऐसे खाने के लिए टूटते हैं अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग ऐसी जगह ना खाया पिया करें अपना शरीर का ख्याल रखें क्योंकि यहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है और जैसा कि आप लोगों ने देखा ये देख सकते हैं डम्पर निकल निकलते हुए जा रहे हैं और रोड कितनी पतली है और आप लगा लो कि जब पारे तारे होती होगी तब यहां का क्या हाल होता होगा क्योंकि ये रोडी बजरी की ये रोड बनाई गई है तो इस वजह से देखो वीडियो भी कैसे हिलर हिलर कर रही है सारे पिलर बन के आपको बता दूं कि इनमें कंक्रीटिंग कर दी गई है अब ये बस प्लर कैप के लिए ही रेडी कर लिए जाएंगे रेडी हैं ये पलर कैप बनाने के लिए सारे पिलर जितने भी देखेंगे आप लोग कंक्रीट भर के ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं जो भी इनमें वक्त लगता है वो पाइलिंग होती है फिर इस पर फाउंडेशन बनाया जाता है फिर इसमें ये कंक्रीट भरा जाता है बस तो यहीं तक जो भी काम जो भी परेशानी जो भी टाइम लगता है वो यहीं तक बनने में लगता है दोस्तों बाकी तो पिलर कैप तो जल्दी बन जाते हैं फिर इन पर गाटर लॉन्चिंग बहुत जल्दी हो जाती है इन पर फ्लोरिंग भी बहुत जल्दी हो जाता है और ब्लॉक टॉप तो आप की बात ही मत करो ब्लॉक टॉप भी बहुत जल्दी हो कर लिया जाएगा तो देख सकते हैं मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों के बीच में लाता रहता हूं और आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता रहता हूं दोस्तों कि कहां पर कितना वर्क चल रहा है कौन सा हाईवे बनाया जा रहा है कहां से निकल रहा है क्या रूट है उसका वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताने की और दिखाने की कोशिश करता हूँ तो देख सकते हैं इसमें अभी कंक्रीट भरा जाएगा इसमें नहीं भरा गया है इसके बीच में भी अभी वहाँ पर ये फाउंडेशन बनाया जाएगा पिलर खड़ा किया जाएगा तो देख सकते हैं बस ये ही नज़ारा है यहाँ का और जो अगला वीडियो आएगा वो आप लोगों को दिखाएंगे ईस्टर्न पेरीफेरल तक फिर उसके बाद में दोस्तों आपको बता दूँ बागपत और बढ़ोत स्टार्ट हो जाता है ईस्टर्न पेरीफेरेल के बाद में तो इसके बाद में ये डेली देहरादून एक्सप्रेस के एक वीडियो और आएगा और फिर उसके बाद में दोस्तों और कहीं का आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा तो आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं और आप लोगों को दिखाता रहता हूं दोस्तों तो आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताओ कि के पसंद के, के वीडियोस कैसे लगते हैं इन्फॉर्मेशन कैसी देता है आप लोगों को पसंद आती है या नहीं आती है आप नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो दोस्तों क्योंकि आप देखो जाके यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक टॉप मिला है रोड मिली है और देख सकते हैं तेजी के साथ में यहाँ पर देखो ये बनाए जा रहे हैं प्लर कैप और किस तरीके से ये पिलर कैप बनाए जाते हैं वो आप लोग अपनी आंखों से तो देखो ये नई टेक्नोलॉजी है जो प्लर कैप बनाए जा रहे हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ में दोस्तों क्योंकि अभी इसमें आर्म्स को भी जोड़ा जाएगा दोनों साइडों में लेफ्ट में और राइट में ये आर्म्स को जोड़ के फिर ये चौड़ा किया जाएगा तो उसी हिसाब से ये पिलर बनाए जा रहे पिलर कैप बनाए जा रहे हैं और काफी भारी भरकम इस पे लोड ये पिलर झेल सकते हैं दोस्तों देख सकते हैं ये बनाया जा रहा ये मंदिर आ चुका है यहाँ पर ये खेकड़ा गांव का और खेकड़ा गांव यहाँ से अब स्टार्ट होता है यहाँ से तो चलिए आपको वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताना मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत गाइस मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ तो में